असलाकुम मैं अंसारी फरजाना मेड इन इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं इंडिया की इस दुकान में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं देखिए कितनी लार्ज कितनी बड़ी है ये ब्लू कलर की है ग्रीन कलर की और रेड कलर की है फोटो आप देख सकते हैं ये 25 इंच 25 सेंटीमीटर की सुरमेदानी है इसका जो एक सुरमेदानी का जो प्राइस है 989 एटी है इसके साथ हम आपको दो पैकेट बरेली स्पेशल सुरमा भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं लिमिटेड स्टॉक हूँ जल्दी

ऑर्डर कीजिए ऑर्डर करने के लिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप का नंबर है वहाँ पे भी ले सकते हैं थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे